लोगों ने मेरा अपहरण किया है और अब आप मुझे मेरे परिवार वालों को सौंपने के लिए उनसे धन लोगे और उससे बिलासता भरे काम करोगे क्यों डाकू जी सही खाना उत्तर बहुत अच्छे से से समझती है और आज मैं उन्हीं की समझ आपको समझाने जा रही हूं। आकर ध्यान से सुनो। यदि आपके स्थान पर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी कठिन परिस्थिति के चलते अगर ऐसा अपराध किया होता तो वह धन के साथ साथ अपने और अपने परिवार का भी भविष्य संजो लेता। वो मेरे पिताजी से केवल धनी नहीं बल्कि दूध धन देने वाली गौ माता और फसल धन देने वाली जमीन और उसे जोतने के लिए तो बैल भी तो आप भी ये सब मांग लो मेरे बदले तो आपका भविष्य जाएगा और आपका परिवार मेहनत की खाएगा बस बहुत हुआ प्रवचन अब इस बच्ची को भोजन चाहिए जल्दी से और ये बताओ भोजन के बाद मेरा घोड़ा कौन बनेगा बोलो बोलो जल्दी बोलो कौन बनेगा लज्जा मत खा